दोस्तों तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीजन 19 रॉयल पास ब्रांड न्यू रिवॉर्ड्स वन आरपी तो दोस्तों जो रिवॉर्ड्स में इस वीडियो के अंदर आज बताने वाला हूँ आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे क्योंकि ये तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ मैं सीजन 19 से रिलेटेड तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक पेन की स्किन आ चुकी है वो भी सिल्वर कॉइन में तो भाई जो अपना रेडीम सेक्शन में होता है उसके अंदर आपको ब्रेन न्यू रिवोर्ट्स एड होते हुए दिख जाएंगे जिसे आप सिल्वर से परचेज कर सकते हो या एजी करेंसी से जैसे ये पेन की स्किन हो गई QBU की स्किन हो चुकी है और साथ में DBS और साथ में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा लेजेंडरी आउटफिट तो ये सब आपको ब्रांड न्यू मिल जाएंगे सीजन 19 में तो दोस्तों आप देख सकते हो QBU की स्किन और ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है सिर्फ आपको सिल्वर कॉइन इन्वेस्ट करना होगा और ये आपको मिल जाएगी परमानेंट तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है तो वाइस ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी सीजन नाइनटीन के अपडेट के साथ ही और साथ में डी पहली स्किन आने वाली है वो भी सिल्वर कॉइन में तो ये भी आपको सिल्वर कॉइन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी परमानेंट और साथ में एक लेजेंडरी आउटफिट है राजा महाराजा वाला तो वो भी मैं आपको बताने वाला बताऊंगा सीजन नाइनटीन वन टू हंड्रेड आर पी रिवॉर्ड्स तो बिल्कुल खुश हो जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो दोस्तों डी बी की स्किल अभी तक किसी के पास भी नहीं है यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं है तो अब आपके पास चांस है डी की स्किल लेने का और ये है अपना बहुत ही ज्यादा तगड़ा पगड़ी वाला मुकुट भी आप इसे बोल सकते हो लेजेंडरी तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में इसी के साथ है एक और आउटफिट दोनों का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट बैठ रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या खतरनाक लग रहा है ऐसा लग रहा है कि दूल्हा तैयार हो गया है और अभी शादी के लिए जा रहा है तो आपको ये सारे आउट देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेंड न्यू सीजन 19 रॉयल पास में आपको सिर्फ़ सिल्वर कॉइन से परचेज करना होंगे तो गाइज़ अब बारिया के रॉयल पास रिबोट की सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो तो पहला रिबोट निकल जाता है हेलमेट की स्किन तो भाई ये हेलमेट की स्किन बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है और जाइ ये बिल्कुल न्यून बैस होने वाली है तो पर्सनली मुझे ये हेलमेट की स्किन बहुत ही ज़्यादा सही लगी है आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये हेलमेट की स्किन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सही लगी है देना अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक न्यून बैस बैक की स्किन निकल के आ चुकी है तो ये भी आपको मिल सकती है सीजन नाइनटीन रोय पास के अंदर तो आप बताइए कि आपको ये बैक की स्किन कैसी लग रही है पर्सनली मुझे बहुत ही अगर सही लग रहा है इस बार के रिवॉर्ड्स मेरा अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ चुकी है यू एस जेड तो ये एक बार आई थिंक लक्की स्पिन में आई होगी तो ये आपको आरपी पी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी सीजन 19 रॉयल पास के अंदर तो बताइए कि ये यू एस जेड की के स्किन कैसी लग रही पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ओप्य खतरनाक है और गाइज फ्री रॉयल पास के अंदर आपको ये पैराशूट की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी ग्रीन कलर की जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तो ये आपको फ्री रॉयल पास में मिलेगी सीजन 19 के अंदर तो ठीक ठाक ही लग रही है फ्री रॉयल पास के हिसाब से तो ये मुझे ओके लगी बाकी सब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये है ग्रोजा की स्किन तो गाइज़ ये भी आपको देखने के लिए मिल रही है सीजन नाइनटीन के अंदर तो गाइस बताइए कि ग्रोजा की स्किन आपको कैसी लग रही है मुझे तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही क्योंकि ग्रोजा ड्रॉप के अंदर मिलती है और ये कुछ आउटफिट है जिसमें ग्रोजर भी पकड़ी हुई है और ये पूरा एक आउटफिट है तो ये आउटफिट भी आपको सीजन 19 में ही मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर सीजन 19 का लोगो भी लगा हुआ है तो ये आर पी ग्रेट में भी जा सकता है या फिर इलाइट रोयल पास में भी तो आप बताइए कि आपको ये आउटफिट कैसा लग रहा है अभी इसके टेक्चर ज़्यादा क्लोजअप से नहीं आए हैं जैसे इसके क्लोजअप टेक्स्चर वगैरह भी आ जाएंगे फिर आपका भाई वीडियो बना के बता देगा तो मुझे अभी तक के फर्स्ट इम्प्रेशन में तो बहुत ही ज़्यादा सही रिमोट्स लग रहे हैं सीज़न नाइनटीन के देन अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है M416 की स्किन और ये मुझे डिसेंट लग रही है मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है बिल्कुल आपको डिसेंट टाइप की M416 की स्किन लग जाती है वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो वीडियो लाइक मारो यार चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको भाई लेके आया है। वन टू हंड्रेड्स रिवॉर्ड्स तो कैसी लगी आपको M4 की स्किन बहुत ही ज्यादा मुझे तो सही देखने को लग रही है तो मुझे तो पर्सनली डिसेंट ही देखने को लग रही है आप बताना कमेंट के अंदर की आपको कैसी लगी M4 फोर वन की स्किन तो मुझे तो ये डिसेंट देखने को लग रही है दिन अपन आगे चलेंगे तो आपको मिल जाती है AKM की स्किन और ये बिल्कुल कन्फर्म है ये आपको एट्टी आर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी और इस ए का नाम है वनडरलैंड ए के ये आपको एट्टी आर पी मिल जाएगी सीजन 19 रॉयल पास 100 परसेंट कन्फर्म्ड तो बिल्कुल कन्फर्म है ये और इसके टेक्सचर वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं और ये बिल्कुल न्यून बेस है ये ए की स्किन भी देखने को बहुत ज़्यादा सही लग रही है और ये है गार्डियन ऑब्जर्वर हेडपीस एंड शर्ट तो ये 100 आरपी का अपना आउटफिट होने वाला है जिसके और ज़्यादा क्लोजर लुक आएंगे देन आपको मैं वीडियो बना के बता दूँगा पर अभी इसके इतने ही टेक्स्चर वगैरह आए हैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन में बहुत ही ज़्यादा सही और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है ये वाला आउटफिट भी तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा है रॉयल पास का सीजन 19 का 100 आरपी आउटफिट तो आप बताइए कि आपको किस तरीके से देखने को लग रहा है ये वाला आउटफिट क्योंकि आपका भी फीडबैक मुझे चाहिए होता है तो कमेंट करके बता देना तो बहुत ही ज़्यादा सही देखने को लग रहा है मुझे ये वाला आउटफिट भी देगा आपको यहाँ पे एक और आउटफिट देखने के लिए मिल जाता है लेजेंडरी तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सही तो ये लेजेंडरी रहेंगे ये मुझे आई थिंक मिथिक लग रहा है तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन्सेक्ट क्विंग हेडपीस एंड हैड तो ये आपको मिल सकता है सात से फर्स्ट आर और गाइस एक यहाँ पे मोटरसाइकिल की स्किन निकल के आ चुकी है जिसका नाम है वंडरलैंड मोटरसाइकिल तो ये भी आपको 100% कंफर्म है कि ये आपको सीजन 19 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी बहुत ही ज्यादा सही और बेस्ट लग रही है देन अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे ग्रेनेड की स्किन भी निकल के आ चुकी है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सही है ग्रेनेट की स्किन भी निकल के आ चुकी है तो बहुत ही ज्यादा सही लग रही है ये भी बिल्कुल न्योन बेस ग्रेनेट की स्किन होने वाली है और वीडियो को शेयर बहुत करना है क्योंकि आप लोगों के दोस्तों को भी पता चलना चाहिए क्या आने वाले या फेलकन की बारी आती है तो इस बार आपको फेलकन देखने के लिए नहीं मिलेगा मगर आपको दो कंपेनियन ब्रांड न्यू मिल जाएंगे जैसे एक ये है गोट जिला कंपेनियन तो ये आपको मिल जाएगा season 19 के अंदर इन दोनों में से आपको एक लेना होगा एक free होगा एक purchase करना होगा तो आप बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा लग रहा है गोट जिला वाला या कौग वाला दोनों companion कंपेनियन अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही बेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय